मन की शांति पाने का राज एक राजा हमेशा उदास रहता था उसका मन भटकता रहता था लाख कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया भिक्षु के ज्ञान पूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ उसने भिक्षु ऐसी पूछा मैं राजा हूँ मेरे पास सब कुछ है किन्तु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है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 उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है कहीं पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था धनी लोग तथा राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिलीप गत राज्य की संपदा लूट रहे थे गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी यह सब जानकर राजा तुरंत सब कुछ भूलकर राजकाज के कार्यों में जुट गया रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जमाखोरों के गोदामों आरोप छापे मार सारा माल जब्त किया गया राजा ने खुला दरबार लगाकर कर प्रत्यक्ष रूप ऐसी प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा कुछ दिनों बाद भिक्षु राजा से मिला और पूछा राजन आपको कुछ शांति प्राप्त हुई राजा बोले मुझे पूर्ण रूप ऐसी शांति तो नहीं मिली किन्तु जब ऐसी मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है मैं उनके दुख निवारण में लगा हूँ इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है तब भिक्षु ने समझाया राजन आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है बस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो कथा का सार यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई ऐसी जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए अगर आम जनता सुखी होगी तो देश के शासक भी सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे और देश तरक्की की राह पर चलेगा आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियो या नई कहानी का नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिले धन्यवाद